तो फिर संसद की क्या जरूरत है? इसे बंद कर कर देते कर दो फिर, प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने बना दें, तो इसके इसका क्या मतलब अब भारत के लोकतंत्र के समर्थकों को समझ लेना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे भारत के लोकतंत्र को कच्चा चबाने के प्रयास में जुटे हैं आरएसएस के लाल नरेंद्र मोदी को इतना बेसरमी देश के लोकतंत्र को लंका दहन करवा कहीं दम लेगा क्या नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोदी टीम के द्वारा लाए गए तीन काले कृषि कानून के वापसी पर यह बताने में शर्म आता है किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए शर्म की बात होगी दुर्भाग्य की बात होगी कि सत्ता के नशे में चूर प्रधानमंत्री संसद में बगैर बहस के तीन कृषि कानून लाता है और उसे बगैर बहस के ही उन तीनों कृषि कानूनों को वापसी भी कर लेता है जबकि भारत का संविधान ऐसे करने की इजाज़त नहीं देता संविधान बताता है कि किसी भी बिल को संसद में बहस करना चाहिए उसके बाद ही कानून बनाए जा सकते हैं और समाप्त भी किए जा सकते हैं आप इस रूप में भी इस घटना को समझ सकते हैं मोहम्मद कसाब का नाम से परिचित होंगे आप यह वो शख्स था जो भारत पर आतंकी आक्रमण किया था और इसे भारतीय सैनिक ने जिंदा पकड़कर भारतीय कानून को भारतीय कानून के हवाले किया था कसाब पाकिस्तान से था इसे इसके जगन अपराध से सभी परिचित थे भारतीय कोर्ट भी परिचित इसके बावजूद भी कसाब को न्यायालय के सामने हाजिर किया गया बहस हुई और कसाब पर आरोप सिद्ध किया गया तब जाकर उसे फांसी दी गई ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमारा भारतीय कानून यह कहता है किसी को बगैर अपराध सिद्ध किए उसे सजा नहीं दिया जा सकता इसलिए हमारा वही संविधान ये कहता है कि संसद में बगैर बहस के कोई कानून न पास हो सकता है और न नद बगैर बहस के कानून पास करने और रद्द करने का मतलब संविधान का उल्लंघन करना होगा जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और आरएसएस के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है मोदी का यह कृत लोकतंत्री व्यवस्था को समाप्त करता है संविधान को भंग करने की ओर इशारा करता है यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद